में जपने क्यों छोड़ दिया तूने नाम जपैने क्यों छोड़ दिया क्रोधे न छोड़ा झूठे न छोड़ा न छोड़ा झूठे न छोड़ा सत्य बचने क्यों छोड़ दिया तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया नाम जपने क्यों छोड़ दिया तूने नाम जपन झूठे जग में दिल जा करे झूठे जग में दिल जा करे असल वतन क्यों छोड़ दिया झूठे जग में दिल जा करे असल वतन क्यों छोड़ दिया तूने ना में जपन चिम छोड़ दिया तूने जपैन छोड़ दिया कोड़ी को तो खूबे संभाला तोड़ी को तो संभाला लाल रतन क्यों छोड़ दिया तूने नाम जपने क्यों छोड़ दिया नाम जपन क्यों छो दिया तूने हरी भजन क्यों छोड़ दिया छोड़ा झूठे न छोड़ा क्रोधे न थोड़ा झूठ न छोड़ा सत बचने क्यों छोड़ दिया में जपने क्यों छोड़ दिया नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने नाम जप जिन सुमिरने से अति सुख पावे जिन सुमिरने से अति सुख पावे वो सुमिरने तेम छो जीरा जप केव छोड़ दिया तुहे नाम जपने केव छोड़ दिया झूठे न छोड़ा सत्य बचने क्यों छोड़ दिया तूने नाम पहने क्यों छो दिया तूने नाम पहने क्यों छोड़ दिया जपने केव छो दिया